सो है गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल बना दिया ब्लॉग सो गाइज यार आज मैं आ रखा हूँ ये पीछे जो आप देख रहे हो ये इतना बड़ा एक मॉल है तो मैं यहाँ पे आया था अपना चार्जर लेने तो गाइज यार चार्जर मैंने ले लिया है आप लोगों को ये दिखा देता हूँ तो ये मेरा चार्जर है खाली लग रहा है आप लोगों को मुझे पता है लेकिन वो मैंने अपने पॉकेट में रख रखा है तो गाइज़ यार अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना हंड्रेड सब्सक्राइबर टारगेट है मेरा सो मिलता हूँ आप लोगों को कुछ देर के बाद तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने घर की और मतलब बिल्डिंग में आ गया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं अपने फ्लोर पे सो so गई ये आप सोच रहे हो क्या है तो ये बता दूं दो दूध दूध वाला आया था दूध ले लिया हमने सो so गई मैं चार्जर लेने गया था अब सीन ये है कि मैं चार्जर मेरा लेके जा रहा था कमरे में और मैंने उससे मतलब फ़ोन रखा लेकिन ऐसे वो डब गया वो ऐसे चार्जर डब गया ऐसे हो गया टेड़ा हो गया तो चार्ज नहीं कर रहा था तो मेरे पास एक और चार्जर था तो वो यूज़ किया वो पूरा ही टूट गया वो भी गई के गया, हो गया टेड़ा हो गया टूट गया फिर अभी मेरे को दूसरा लेना पड़ा चार्जर तो वाइस आ गया हमारा फ्लोर अब और अभी मैं चला जाऊँगा तो अभी मैं आप लोगों को मिलता हूं कुछ देर के बाद ओके सो गाय यार मैं आ गया हूं वापस अपनी ट्रेनिंग से और सामने पड़ा है मेरा गिटार और आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ मैंने ये ड्राइंग बनाई है सिद्धू वाला की अच्छी तो नहीं बनी लेकिन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अभी मैं कर रहा था अपना ये प्रैक्टिस तो अभी आपको क्या हाँ गाइज़ मैं आप लोगों को आ, एक आ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को कोई कमेंट uh, में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछो ताकि मैं उनका आंसर कर सकूँ जवाब दे सकूँ तो हाँ सो so गाइज अभी सुबह हो गई है मतलब मैं रात को सो गया था और मैं को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला इसलिए सोचा सुबह शूट कर लूँगा और देख सकते हो सुबह हो रही है फोकस कर देख सकते हो सुबह हो रही है और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेता हूं तो हाँ सोगाइ so बहुत जल्दी लाऊंगा मैं ट्रीब्यूट वीडियो सिद्धू मूर्से वाला ट्रिब्यूट वीडियो बनाने वाला हूं मैं तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना गुड बाय बाय